कटनी में मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की समीक्षा बैठक हुई इस दौरान समस्त विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थानीय और शासन स्तर की समस्याएं और मांगों पर चर्चा की गई। बैठक संघ के संभागीय अध्यक्ष अजय कुमार दुबे की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश के लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष पुणेश उइके ने बताया कि संघ की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। बैठक संघ के संभागीय अध्यक्ष अजय कुमार दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्त विभागों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थानीय और शासन स्तर की समस्या और मांगों आरोप विचार विमर्श किया गया जिला सहायता कटनी की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आज यहाँ आयोजन किया गया है इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चतुर्थ समस्त विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो समस्याएं हैं जो मांगे हैं उसके संबंध में यहां चर्चा की जा रही है और उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा वो हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं अब इनमें समस्याएं है क्या हैं सबसे पहले तो ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से साफ़ सफाई झाड़ू पोछा के बेकार का कार्य कराया जाता है जो कि उचित नहीं है इस प्रकार का मध्य शासन का कोई आदेश नहीं है और पदनाम परिवर्तन सहाय ग्रेड पे 1300 जो दिया जा रहा है उसको हम चाहते हैं कि 1800 दिया जाए अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रावधान है उसको सरलीकरण किया जाए अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित श्रेणी में रखा जाए और आउटसोर्स प्रथा बंद करके कंप्यूटर ऑपरेटर है संविदा है इस प्रकार के कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रसोईया छात्रा में कार्यरत चौकीदार इन सभी कर्मचारियों को रेट या दैनिक वेतन वेतनभोगी की श्रेणी में रख और तो उनको रखा जाए और उचित मानदेय उनको दिया जाए और जो दैनिक वेतन वेतनभोगी है उसमें मध्य प्रदेश शासन का एक नियम है कि दस वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात एक विशेष भत्ता मिलता है पाँच सौ का और बीस वर्ष के बाद 1000 रुपए का लेकिन यहाँ देखने आ रहा है कि वो कई विभागों में जो है गुणवत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है अच्छा कई विभागों में बेकार के कार्य ज़्यादा कराए जा रहे हैं यानी उनकी मूल पदस्थापना से हट के मान लो किसी की पोस्टिंग अगर कलेक्ट्रेट में ट्राइबल विभाग में है या अन्य किसी विभाग में है तो वहाँ कार्य न लेके उनसे अधिकारियों के बंगलों में पर्सनल कार्य दिए जा रहे हैं अभी इसके साथ निर्वाचन कार्य हुआ निर्वाचन कार्य में भी जो है लेबर वर्क कराया गया जो कि ये काम लेबर का वो काम नियमित कर्मचारियों से निर्वाचन कार्य में कराया गया और किसी प्रकार का उनको मानदेय नहीं प्रदान किया गया यहां तक कि 15 अगस्त में एक प्रशस्ति पत्र भी देना शासन ने उचित नहीं समझा